खाते पीते इबादतों से पहले इबादतों के अंदर इबादतों के बाद गलत फहमी इतनी दुआ की हम लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती मैंने फला मसले के लिए दुआ की वो चीज मुझे नहीं मिली मैंने फला काम के लिए दुआ की वो चीज काम नहीं हुआ मैंने फला मसले को फला किया आज तक वो चीज नहीं हुई ये कैसी अजीब बात है कि मैं दुआ तो कर रहा हूं लेकिन वो चीज़ कबूल नहीं होती है वो चीज़ मेरी पूरी नहीं होती है या वो काम मेरा नहीं होता है फिर क्या फ़ायदा दुआएं करके आ और जब दुआ दुआओं का सही तस्वर और दुआ क्या है हमने क्या समझा दुआ मुसीबत की एक चीज़ चीज़ें इस्तेमाल की अब मुसीबत हल नहीं हुई तो फिर दुआ कर फ़ायदा क्या है हमने दुआओं को यह समझा कि मुसीबत की घड़ियों में अल्लाह को पुकारना यह दुआ है अब अगर मुसीबत ने मैंने पुकारा और वह दुआ का जवाब ना आया जो मुझे ना समझा तो फिर फ़ायदा क्या यार दुआ करके जिसका जवाब नहीं आता जो कबूल नहीं होती और फिर ये सोचकर इंसान या तो दुआएं करना छोड़ देता है दुआएं करना छोड़ना तो फिर ठीक है लेकिन अल्लाह रब्बुल रबुलज़त से जो बदजनी वो शुरू करता है यार दुआएं कबूल नहीं करता अल्लाह हमारी फ़ायदा क्या करके बदजनी मतलब अल्लाह से बदजन हो जाता है और ये कहना शुरू कर देता है कि दुआएँ मेरी कबूल नहीं होती यार या दुआ करके फ़ायदा नहीं मेरी कबूल नहीं होती ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है याद रखी पहले गलत फहमी कि दुआ मुसीबत की एक चीज़ है उसके बाद अगर मुसीबत दुवार हो दूसरी चीज़ की फिर इंसान या तो दुआएँ कम कर देता है या तो दुआ करना छोड़ देता है ये कम और छोड़ना तो ठीक है अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देता है कैसा अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं किया क्या, क्या फ़ायदा यार दुआ करके अपनी कबूल नहीं होती तो करके क्या फ़ायदा ये सबसे ख़तरनाक मरहला याद रखे इसमें इंसान फिर जो है इस दायरे से निकल जाता है और अक्सर लोग इस चक्कर में जा कर और कुफर तक पहुँच जाते हैं कैसे इनशाला आगे मैं रखूँगा जबकि अल्लाह रबु लज़त ने अपनी किताब में ऐलान किया कि तुम दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा जिस तरह मैंने एक आयत आपके सामने खुतबे में दुआत तिलावत की एक आयत सुर गाफिर सुर नंबर चालीस उसकी आय नंबर साठ मैंने तिलावत कीता हैजिब लकुम क्या तुम्हारा रब तुमसे कहता है अल्लाह रबिजत कहता है कि तुम उससे दुआ करो अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा कौन कह रहा है ये अल्लाह कह रहा है तुम दुआएं करो वह मुसलमानों मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा अस्तजिब लकुम इन लजीना इस तकबरू और जो मेरी दुआएं नहीं करते मुझसे दुआएं नहीं मांगते और तकबर की बुनियाद पर नहीं मांगते जो अल्लाह फरमाता है तकबरू नबादती जो दुआओं को नहीं करता तकबर की बुनियाद पे और दुआ इबादत है चूंकि लफ्ज है अन इबादती जो दुआओं के शक्ल में मेरी इबादत नहीं करता तकबर की बुनियाद पर सैद खुलू न जहन्नम दासन ऐसे शख्स को मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा उठाकर समझ रहे हैं बात को कि जो दुआ नहीं करेंगे तकबुर करेंगे दुआ एक इबादत है तो अल्लाह फरमाना ऐसे लोगों को उठाकर मैं कहा डाल दूंगा सैद खुलू ना जहन्नम दाखेरीन ऐसे लोगों को मैं जहनमुम में डाल दूंगा तो वह अल्लाह दुआ सुनता है ना करने वालों को जहन्नम में डालेंगे तो करने वालों की फिर जरूरी उसके लिए लाजि है कि वह जवाब दे फिर उसके नफ्स लाजिम है जब वो कह रहा है मुझसे करो ना करूँगा तो जहन्न में डालूंगा तो गोया तुम करो मैं कबूल करूंगा यह इसका माना है दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की सुर बकर दो आयत में एक सौ छियासी थी इसमें अला ने फरमाया वही सालबादी अन्य फ़ानी करीब कि मेरे बन्दे आए नबी तुमसे सवाल करते हैं सल्ला वम के मेरे बन्दे से सवाल कर सालबादी अन् मेरे बारे में फ़ानी करीब अगर कुरान का आप अगर तर्स देखें कुरान का जवाब देने का अगर अंदाज और उसलूक देखें कुरान में जब भी रसूल अक्रम सल्हे वसम से सवाल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया वो तुमसे पूछते हैं फ़ला कह दो कल वो तुमसे पूछते हैं चाँद के बारे में कह दो कुल के लफ्ज आते हैं اللہ, इस सुबहानल्लायद पर गौर कीजिए फरमाया वह का इबादी मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते फ इन्नी करीब कह दो भी नहीं कहा रसूल को निकाल दिया बीच में से फनी खरीब कह दो उनसे कि मैं खरीबू नहीं कहा फ़ इन्नी करीब मैं खरीबू उनसे मतलब गोया जुमले और अलफाज के अतबार से उसके अंदर काला का लफ्ज भी नहीं आया क्या है नबी तुम कह दो कुल उनसे या काल यह तुम उनसे कह दो कि मैं करीब हूँ रसुलकरम सलील्ला वसलम को भी वहाँ से निकाल कर इन करीब सीधा जवाब दिया गया हालांकि सुर बकर उठाइए सवालत का एक सिलसिला है सूर्य बकरा में हर सवाल की बात आता है कि आपसे सवाल करते हैं कुल उनसे जवाब कह दो कुल उनसे कह दो कुल उनसे कह दो कि उसका मानना ही है यहां जब सवाल हुआ कि मेरे बंदे पूछते मेरे बारे में तो नसूल वसलम को कुल भी नहीं कहा निकाल दिया फा इन करीब सीधा इतना खरीब हूं कि मुझे यह भी कहने की जरूरत नहीं है नबी आप कह दो मैं खरीब हूं तो कहा वही साल इबादी अन्नी फनीब जब मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में नबी भी आपसे कह दो कि मैं उनसे करीब हूं ओ जी बुद्धा ईजादान और जो भी मुझसे दुआ करते हैं मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ उनकी दुआओं का जवाब देता हूँ और फरमा फल या तजबूली तो उन्हें चाहिए वो सिर्फ मेरी ही मेरे से ही दुआ करें मुझे से ही मांगे वलियो मीनू भी और मुझ पर ईमान लाए लाल लकुम यरशदून शायद कि वो हिदायत याफ़्ता हो शायद की वह रिश्त तो हिदायत पर कायम रहे तो यहाँ अल्लाबत ने इसकी वजाहत कर दी अय लोगो तुम पूछते हो मेरे बारे में मैं करीब हूँ तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ लिहाजा तुम सिर्फ मुझ ही से दुआ करना ताकि तुम जो है रिश्त हदायत पर रहो वाल यू मेरे ईमान मरल शर्त हर चीज़ के लिए तो मैं ईमान वालों की दुआएं कबूल करता हूँ और आगे फरमाया जो है ताकि तुम रिश्त पर कायम रहो तो यहाँ इस आयत ने वजाहत कर दी इसी तरह रसोल्लासम ने फरमाया और कहा जाम तिरमेज़ी की रिवायत आपने फरमाया इन दुआ इबादा दुआ इबादत है इबादत है दुआ याद रखी इसी तरह फरमाया जाम तरमीज़ी की यह भी रिवायतें अ दुआ उम इबादा दुआ इबादत का मगज़ है ये इबादत का मगज़ है नमाज दुआ हज दुआ ये मगज देखिए कि हज किसी चीज़ के बाद दुआ है है ना हज के अरकान कर रहे दुआ कर रहे उसमें मगज है ना उसका तो दुआ इबादत का मगज़ है यह इतनी अहम चीज़ है इसको मत जो है जो है गौर करे और इस चीज़ को समझे इसी तरह